केग चंद मलिका पवन तना रूप रगुना चट युवतीवा प्रभुलोकनाद दया करती आचार्य प्रभु सिंह रामचंद्र ररोत्तम राया करुप नबे न मारे मेरा धाम कृपा कर गुरु पथित पवन शि शरण सेवा दया पातदय रिपात पाच हरियाण न जादवाय माधवाय केशवाय नाम गोपालोविंद राम श्रीमाधुसुरा न गिरीधारी गोपीनाथ मदनमन श्री चैतन्य निदानंद श्री आदित हरि हरिभु वैष्णव भगवत गीता जय रूप सनातन भट रघुनाथ बहु पालव दास रुना था छोसाई बी चरण मंदन अविंद पुरा चय गोसाई मई तार तारदास का सर परेु मोरा पंचदास चरण देवी भक्स जना में जना में मोरा ए अवसर वास चलना पर आनंद बोला रे मजा वृंदवान त्रिगोरो वैष्णव बे मजाई रमान त्रिगोरव आत्म कर न करे तारा माधद जय बोरा रे मय बोरा जय दारी जय रे माधव रे गोप तारुण मांगे damodar rati varatan kare hari nikuta me चशोत येन तस्म श्री गुरी गुराव गौरचंद्रा राधितायद कृष्णा कृष्णभक्तायताय नमू वाचाकुर्दिता नावन हो श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मितलीला प्रकृष्ट विष्णुपाद अठोद्री श्री श्रीमद्भक्तिश्री सिद्धैन गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत साष्टा धनम तत्पश्चात शिक्षा गुरु मिथिलीला प्रकृष्ट विष्णुपाद अठोदल सदस्यी श्री श्रीमद्भक्ति श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कल श्रद्धा पुष्पांजलिप्री उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव को यथा योग करते हरे कृष्ण आज हम लोग श्रवण करेंगे फ्रीलाभ भक्ति सिद्धांत सरस्वी प्रभु को भक्तों ने अलग अलग समय रूप में अलग अलग प्रश्न किया है और उन्हें जो उत्तर दिया है आज हम लोग एक प्रश्न और एक उत्तर को सुनेंगे किसने प्रश्न किया है हम गुरु हमें कहा मिलेगा गुरु हमें कहा मिलेगा तो प्रभुपात इसको उत्तर देता है कृष्ण जाके अपनार गुरु बोले प्रेरणा करवे बे तीन ही बाहिरे महान से गुरु रूपे अपनार निकट प्रकाशित करवे गए यहाँ पर प्रभुपात कहते हैं कद भगवान बड़े दयालु भगवान बड़े करुणा है भगवान की अभी भगवान हमारे पिताजी हैं हम उनके बच्चे हैं हम संसार में तरह तरह का दुख कष्ट भोग करते हैं इसलिए पिता भी कभी बच्चों का सुख कष्टों को साथ नहीं करते अगर पिता माता सुखी हो बच्चे अगर दुखी हो पिता माता देख करके दे दुखी रहते हैं ना अगर बच्चे अगर खुश रहे पिता माता देख कर तो खुश होते हैं हमारे सही सलामत है इसलिए हम सब भगवान की बच्चे हैं अगर हम संसार में दुख कष्ट भोग करेंगे इसलिए भगवान उसको देख करके सुखी नहीं रह सकते इसलिए भगवान क्या करते हैं भगवान बड़े दयालु भगवान बड़े कृपालु हैं इसलिए भगवान क्या करते हैं जगत में गुरु जी को भेजते हैं गुरु जी को भेजते हैं इसलिए गुरु चार तरीके होते हैं एक है हमें जो प्रथमा प्रदर्शक जिसने हमें रास्ता दिखाया दूसरा है जिसे हमें दिखा दिया तीसरे हैं जिनसे हम भक्ति की शिक्षा प्राप्त करते हैं चौथा है जो अंतर्ज्ञान रूप है, हृदय में जो बैठे हुए हमारी हमारी सारी गतिविधियों को तो जो देख करके हमें जो प्रेरणा करते हैं इसलिए भगवान करुणामय होने का नाते भगवान क्या करते हैं क्या तो भगवान महान्त दुर रूप में स्वयं भगवान अंतर्या रूप में है इसलिए महात्पुरुष हमें सोवर्ण जिसको दुर रूप में दर्शन किया अंतर्जम गुरु मतलब हृदय में जो अंतर्जम रूप में बैठे कौन है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्या भगवान कृष्ण चंद्र ही क्या स्वयं एक गुरु रूप में बाहर में प्रकटित हो जाते प्रकटित होकर के भगवान में ही हमें गुरुजी के पास में ठाकुर ही भेजते हैं गुरु जी को भक्तों के पास में भक्तों को गुरु के पास में ठाकुर ही बेचते है भगवत कृपाए गुरु मिल गए एवं गुरु कृपाए भगवान भगवान की कृपा से हम जीवन में गुरु मिलते हैं और गुरु जी हमें दोनों दोनों की कृपा से हमें दोनों प्राप्त होते हैं कहते निचे भाग्य अनुसार ही गुरु मिले कहते गुरु कैसे मिलते हैं कहते थे अपना अपना भाग्य के अनु अनुरूप हमें गुरुपात हमने जैसे भाग्य किया होगा उसी भाग्य में हम हमसे ही गुरु करें यहाँ पर कह रहे हैं भगवान सब जानते हैं सर्वज्ञ तो मतलब भगवान सब कुछ जानते हैं तो जगत में तरह तरह के लोग है और उनका चित्र वृत्ति भी एक नहीं सभी का चित्र वृत्ति भी अलग अलग है सभी की भावना भी अलग अलग है इसलिए जिसका वृत्ति जैसे है जिसकी भावना जै, है कहते भगवान क्या कहते हैं उसको पास में भगवान कैसे कथा हो रही है तुमको पता नहीं कथा बढ़ना पहले सुन लो इसलिए भगवान क्या कहते हैं हम हमारी हमारी भावना है जरा तो भगवान, भगवान निष्पट नि, नि, कृपा चार जरा नित्य मंगल लाभ रन्य भगवान ऊपर संपूर्ण निर्भर करें भगवान से ही सर्व निष्पट व्यक्ति गणेश प्रसन्न होए हो दिवे कृपा करार तादर करारिकट नीचे गुरु के प्रकाशित करना दो तरह का कृपा है एक एक कपट कृपा और एक होता है निष्कपट कृपा है कृपा दो तरह का कृपा है कद वास्तव रूप में जो भगवान का निष्कपट कृपा चाहते भगवान ने सही सही ठाकुर का आशीर्वाद होगा हमारे भगवान की कृपा हो और जो लोग वास्तव रूप में अपना नित्य मंगल ही कल्याण हो और संपूर्ण रूप में भगवान तो हैं जैसे ही साथ वही सही होगा भगवान क्या कहते हैं ऐसे जो निष्कपट व्यक्ति है भगवान उसको पर प्रसन्न होकर करके क्या करते हैं उसको ऊपर में कृपा करने के लिए कृष्ण ही स्वयं गुरु में अपने में प्रकटि हो गए जैसे गुरु महाराजे जब तपस्या कर रहे थे जब उनकी भावना को तो देख करके उनकी उत्कंठा को तो देख करके भगवान प्रसन्न हो गए रत्न से मेरे को आने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है भगवान ने क्या किया नारद जी को भगवान ने भेजा जाओ तुम जा कर तुमको मंत्र दे करके आओ द जी आए अरे प्राप्ति हो नहीं, इसलिए प्रभुपात कहते हैं भगवान जिसको निष्कपट कृपा करते हैं उसको भगवान ही स्वयं पूर्व रूप में उस प्रकाश में प्रकाशित हो करके उसको ज्ञान दे करके भगवान क्या करते हैं उसको अपना पास में ले आते हैं। हर जगह भगवान ने कपट कृपा चाह लेकिन जो व्यक्ति भगवान का निष्कपट कृपा को नहीं चाह करके जो व्यक्ति भगवान के पास में कपट कृपा चाह है तो भगवान उसके लिए फिर क्या करते हैं? है अनुसार भगवान ने माया अनुजाई तो गुरु प्रणा कर जो वास्तव रूप में भगवान को कृपा नहीं चाहते कपट कृपा चाहते उनका हृदय नहीं है कपट हृदय हैं। भगवान क्या करते तो हैं? नहीं बेचते है ने? उसको बाद में ठाकुर जी सही सही गुरु नहीं चाहते थे फिर उसका हृदय ही कपट है जिसका जैसे जिसकी भावना जैसे हरी मुहूर्त जो नि होगा जिसको ठाकुर में जोड़े परंपरा में, में से जिस जुड़ने पर एक दिन हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं हाँ शुद्ध लाइन पर जोड़ते हैं। अगर जिसको ऊपर में भगवान की कपट कृपा होगा भगवान उसको सही रास्ता में देखो उल्टा पुलटा व्यक्तियों के पास चली जा, वहां चली जाओ जाओ उसके में शुद्ध भावना है निष्कपट गुरु को भेजते नहीं है इसलिए निष्कपट व्यक्ति कखन वो असुविधा है ना कि अचिरे सदगुरु रहा है प्रभुपात कहते सचमुच से वास्तव रूप में जो निष्कपट व्यक्ति है हैं तो उसका कभी भी जिंदगी में कोई असुविधा नहीं होता जीवन में कोई दिक्कत नहीं आता है तो बोले क्यों नहीं आता है क्योंकि तो ये भगवान की निष्पक्ष हृदय से भगवान को पुकारता है भगवान ठीक वैसे ही ठाकुर जी उसके लिए ठीक व्यवस्था वैसे ही कर देते हैं इसलिए कहते हैं व्यक्ति बड़ी जल्दी जल्दी सदगुरु को प्राप्त करके शुभ वैष्णव मार्ग में चलते हुए भगवान की भक्ति करके भगवान को वो पा सकता है। ये एक प्रश्न ये एक उत्तर गया है और एक तो प्रश्न सुन लगती किसने पूछा प्रभुपाद जी इस साधु संघ की हर्ष में करनी चाहिए साल में एक बार आ गए गुरु जी लोग क्या करते है गुरु प्रतिभा का दिन वैसे दर्शन में गए गुर, में आगे दिन एक बार आएंगे आकर गुरु जी को बोले गुरु जी मेरे को पहचान नहीं दे गुरु जी बोले तुम कौन बोले मैं आपका शिष्य हूं ना चेला हूँ बोले बेटा कितने दिन बाद में आया बोले एक साथ बोले एक साल दीक्षा मंत्र लिए हो दुर्ण दुर्ण करनी चाहिए तथा सुननी चाहिए जैसे हमें एक, एक गमला में अगर पानी नहीं दे तो कब तक साल में एक बार आए हो अगर मेरे को तो पहचानते हो संसार में दिन भर दिन बच्चों के लिए दिन भर साफ तो सुथरा में रहते इसलिए इसलिए पीछा प्रभु बात से साधु संघ किया सर्व समय करनी चाहिए सतो की संग। तो प्रभुत सर्व साधु थे अभी सत्संग दुर्बल ते ही कहते है हर समय में सत्संग में रहना पड़ेगा खासकर हैं है कहते सत्य सजे तो बुद्धिमान सत्यज सत्य संग सत बुद्धिमान इसलिए जो बुद्धिमान क्या करता है असतसंग छोड़ करके हर समय में सत्संग में रहता है इसलिए विवेक नामोलभ नाश इसलिए कहते सत्संग के बगैर हम बड़े दुर्बल हैं हम लोग बड़े दुर्बल हैं हम किसी तरह से साधु संग के बगैर हम लच नहीं सकते इसलिए हमारा कृष्ण नित्य गोलाम एक कथा पढ़ पढ़ते हे अगर साधु संगम में अगर हम रहेंगे क्या होगा कथा सुनते रहेंगे सत्संग करते रहेंगे करने पर हमें ये याद रहेगा हम कौन तो है बोले जीवर स्वरूप जीव का जो असली स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुधरासी अब समझिए याद रहेगा भगवान की संतान जब भगवान की सेवा हमें क्या करनी भगवान की सेवा करनी चाहिए साधु संघ में तो ज्ञान होगा अगर साधु संघ नहीं करेंगे तो इधर उधर का बात है इधर उधर की बात सुनेंगे उल्टा पुल्टा लोग का संग भले इतना बड़ा बड़ा टीका लगा रहे हो गला तो में कन्नी लगाने सीख प्याज लसन नहीं खाते तुम्हारे संप्रदाय कहते तो चाय भी क्या मत पिया करो सब समय क्या भजन करने का जरूरत है हैं? अरे कभी चले गए गुरु का दर्शन कर लिया हर समय माला लेने का क्या जरूरत है ये जगत में, हैं? तो बिल्डिंग बनाने में कितना दिन लगा होगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए कितना दिन सब समय लगेगा एक दिन में बोल्डर लाओ एक दिन बोल्डर लाओ उसको तोड़ दो इसी तरह के भक्ति का बनाना बड़ा कठिन नहीं तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा उल्टा पुल्टा संगत में बुद्धि खराब कर देगा एक दिन में थोड़ा भक्ति को खत्म कर देगी एक दिन में हैं? लेकिन भक्ति का जीवन बनाना इतना आसान नहीं है कहते शौक जाले में खूब खत्म खर्चा करना पड़ता है एक व्यक्ति को सही रास्ता पर चलाने के लिए उसको कथा सुना सुना करके दे दे उसको धीरे धीरे भक्ति मार्ग चलाने के लिए इसलिए यहाँ पर प्रभु बात देते हैं अगर हम वैष्णव का संघर्ष तो तो नहीं करेंगे फिर गला माया गला तो। में झट माया गला पकड़ेगा तुम्हारी इसलिए भगवत सेवा होल भक्ति और भोगे अभक्ति अभक्ति संसार यही सर्वनाश संसार होते बाकी बार एक उपाय प्रणिपात परिप्रशना सेवा वृद्धि सहकारी गुरु वैष्णव निकट कृष्ण श्रवण तथा श्रवण इसलिए कहते हैं ग्रहते तो भगवान की सेवा ही ये भक्ति है हैं भगवान की सेवा ही भक्ति है और भोग इच्छा ये अभक्ति भक्तों का भावना क्या है हर समय भगवान की सेवा करे साधु संत की सेवा करे, की करे की भगवान की कथा सुने हर समय भगवान की कथा में भक्ति में रहे क्या ये भक्तों का की संघर्ष लेकिन कहते अगर अभक्तों का संग करेंगे तो जो भक्त नहीं तो क्या बोलेंगे सिनेमा नहीं जाओगे घूमने नहीं जाओगे चलो ना थोड़ा घूम कर आते हैं सिनेमा है? तो तो देखकर आते हैं चलो उधर जाएंगे उधर जाएंगे लेकिन अगर भक्तों का संग्रह करोगे चलो वृंदावन चलो वृंदावन जलते हैं आएगा जन्माष्टमी आएगी राधाष्टमी आएगी चलो वृंदावन में चलो मंदिर में चलो वहाँ भगवान कथा होगा चिंतन होगी चलो हम हाँ क्या करेंगे भगवान कथा कर धाम में जाएंगे लेकिन उल्टा पुलटा संगत होगा तो हैं तो कोई काम नहीं दिन भर मंदिर मंदिर से तो बोलते रहे बोलते जब बोलो वृंदावन में वृंदावन में क्या रखा रह हुआ वृंदावन में क्या रखे हुआ चलो मलाली घूमने के लिए चलेंगे और इधर उधर कहीं घूमने के लिए इसलिए कहते जब भक्तों का संग करेंगे भक्त लोगों में भक्ति मार्ग में प्रभु की भजना के मार्ग में चलाएंगे लेकिन जो असत व्यक्ति की हम संग करेंगे हर समय हमारे हृदय में क्या बोलो भोग मृत्यु जगा रहेगा भोग करेंगे भोग करेंगे भोग करेंगे हैं यही भावना रहेगा इसलिए प्रभु बात कहते है कहते सर्वनाश है जीविका इसमें सर्वनाश है यही सर्वनाश का संसार है मात्र उपाय क्या है अगर ये सर्वनाश से अगर बचना चाहते हो ये माया से अगर तू बचना चाहते हो, क्या करो ज्ञानम ज्ञान नश्न जो श्लोक है भागवत का एकादश स्कूल वहाँ पर नेमी महाराज नव को जो एक जोगेन्द्र से एक प्रश्न किया उनका प्रश्न था ये माया माया बी ठगनी माया बड़ी थगी। है माया ये झूठा ही संसार है लेकिन ये माया जो ठगनी जो झूठा संसार से अगर कोई बचना चाहते उसको क्या करना चाहिए उसको क्या करनी चाहिए माया मतलब क्या है जो जो चीज नहीं वो चीज को हम को है मान रहे संसार में कोई रिश्ता है ही नहीं संसार एक धर्मशाला है धर्मशाला में आप गुरु को ना तू का हाँ, हा का, तू deb, गए। के बैठ कर तू गपे मारे सब गए पिता माता है इतने गप्पे मार रहे और कुछ नहीं यहाँ पर समय आएगा ना अपना समय आएगा यहाँ से चले जाएगा यहाँ से इसलिए कहते जो माया मतलब क्या होता है जो जो चीज नहीं वो चीज़ी को है मानना इसको देते है माया हम कहते हैं तो संसार है झूठा संसार है तो, संसार है, नहीं संसार है। संसार है। तो कहते हैं यहाँ पर कहते हैं और ये माया बड़ी ठगी ये माया क्या करती है ये शरीर को प्रति में और पर ले आता है ये शरीर मैं हूँ जिसको टाटी पैसा थली है जिसको मैं हूँ और ये शरीर संबंध जितना वस्तु है ना इस सब का सब मेरा है एकांश बोले एक समय नारद जी भगवान से बोले प्रभु प्रभु हमने बड़ा माया बड़ा विचित्र है माया बड़ी विचित्र है नारद जी नारद जी कह रहे हैं नहीं ये सुदामा और कृष्णा जब वो पढ़ने के लिए गए थे उज्जैन में अभी कृष्ण सुदामा दोनों जा रहे थे समुद्र में नहाने के लिए जाते समय बीच में सुदा प्रश्न करता है प्रभु कृष्ण को बिल्कुल कृष्ण मैंने क्या सुना तू भगवान तुम अपना माया से इस दुनिया को नचा रहे हो थोड़ी सी तुम अपना माया मेरे को दिखा दोगे इतने में कृष्ण बोले ठीक है समय होगा तो मैं तुमको अपना माया दिखा दूंगा नहीं स्नान कर जा जाते जाते दोनों हाथ पकड़े हुए थे इतने समुद्र में गोथा लगे गोता लगाते ही समुद्र की एक झपटा आई समुद्र देखे वो नाय समुद्र में पानी कैसे आती है लहरी कैसे जोर से इसलिए जब इसलिए जबकि लगाई एक समुद्र की लहरी आई झपटा मार तो कृष्ण आरती सुदामा को हल कर दिया और वो पानी में डूबते तैरते डूबते तैरते हैं पता नहीं कहाँ चला गया डूबते तैरते कहाँ चला गया वो चला गया जो तो बहुत आया ना, ना बड़ा सुंदर एक राज्य है बड़े सुंदर एक राज और तुम्हारी पत्नी के में कर तो तो तो राजा और मैं, मैं। अभी दोनों बड़े आनंद कुर्तो में रह गए और उनको बच्चे भी हो गया। एक एक दिन देखा सुनामी सुनामी सुनामी इतना तेजी से आई दूर दिया और जो जो जो जो उसके प्राण के प्यारी बच्चे बच्चे कितने प्यारे होते उसको देखा उसको सामने एक एक तो बच्चे डुब करके मर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं बच्चे को बचाने के लिए लेकिन किसी तरह बच्चों को बचा नहीं मारे डूब डूब मर रहे थे लास्ट में सारे बच्चे गए तो एक बच्चा मर जाता जाता, छाती उसको फट कोशिश किया पत्नी को भी बचाने लेकिन इतने तेजी, लहर थी खुद गई पार, थी प्राण से प्यारी नए नौ के तारे प्राण से प्यारी जो तो पत्नी थी ना वो तो पत्नी भी पत्नी भी खत्म हो तो पत्नी खत्म हो गई तो देखा मेरा खत्म इतने में देखा है कि समुद्र की लहर आई ऐसे चपटा मारे और उसको कहा से कहा ले गए उसको कहा से कहा ले गयी लेकर में कृष्णा सुदामा डूब डुबके लगाए थे समुद्र में जब दोनों उठे ना समुद्र से देखा सुदामा वो हाफ रहा था कृष्णा बोले सुदामा ये क्या हो गया तू तो हाफ क्यों रहे क्योंकि बीबी मर गए बच्चे मर गए ना वो हाफ रहा था तो तुमने क्या कहा था क्या हो गया वो तो आपके ये क्या कृष्ण ये क्या है भले हम तो से भी तो भी एक एक एक एक। लेकिन कृष्णा हमने देखा मेरी शादी हो गयी राजकुमार से बच्चे हो गए और देखा सुमान सुनामी में एक एक सब कुछ हम मर गए मेरे सामने मर रहे थे हाँ इसलिए सुदामा कॉप रहा था कॉप रहा था कृष्ण ने कहा सुदामा तुमने मेरे को पता था ना माया, दिखा माया की उठते उठते शादी भी हो गया बच्चे भी गए गए बच्चे भी मर इसलिए भैया ये यही माया है कि चक्कर में जी पड़ करके ये दुख कष्ट को इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले देखो जब कहते ये प्रश्न कर रहे हैं नमी महाराज जी को क्या प्रश्न कर रहे हैं ये जो माया ठगनी है ये ठगनी माया से हम कैसे बचे है तो उसका उत्तर देते बोले तस्मा देते माया से बचना चाहते एक उपाय तुम सूर्य शरण में चले जाओ रहे है जिज्ञा से उठ रहेगा ऊपर मुख्य गुरु के पास में तो तो जाकर प्रश्न क्या करना दुनियादारी की बात नहीं करना बेटा की शादी हो जाए बेटी के शादी भी हो रही है उसकी नौकरी नहीं लग रहा है अब यदि तो दुनिया की बात मत करना भले जिज्ञास तो जो उत्तम श्रेय उत्तम श्रेय मतलब क्या जो वस्तु पाने से किसी जीवन में भी सुखी रहोगे उसको बाद में तो आनंद ही आनंद उसके बाद में तो आनंद ही आनंद है, है? कहते जो श्रेय मतलब होता है इसको पाने से सुबह में दूध होगा नहीं होगा देखो एक प्रे है और एक है देखो समझो उसे कहते हैं जो थोड़ी समय के लिए तुमको सुख देने वाले लेकिन बाद में तुमको दुख देने वाले है। कहते प्रेय इसको कहते हैं थोड़ी समय के लिए थोड़ी सी दुख देने वाले लेकिन जिंदगी भर तुमको सुख ही समझो बच्चे जैसे पढ़ाई करते उस दिन पढ़ाई करेगा 10-15 साल बढ़िया पढ़ाई कर ले बढ़िया नौकरी पाकर क्या करेगा आनंद में रहेगा लेकिन वो बच्चा अगर पढ़ाई ली लिखाई नहीं करेगा तो बचपन में मस्ती रहेगा हैं? मतलब कौन इतना दिमाग लगाता है करेगा फैलेगा खुदगा फिरगा जिंदे गुजुखी करेगा, उसी तरह भगवान की भक्ति में अगर कुछ दिन सही सही फोन भक्ति कर लो चाय मत किया करो प्याज लसम खाओ गलत संगत मत बैठाओ मांस मछली मत खाया करो जो कुछ कर ठाकुर को भोग लगाओ समय पर नष्ट मत करो प्रभु की भजन करो हरि नाम करो ठाकुर के तो सारा दुनिया शादी में जाकर प्याज लस्म तो खा तो तो तो तो रहे मस्ती ले रहे और हम बगर प्याज लसम के दही वाला जा रहे खा रहे इसलिए देखने के लिए क्या लगता है हमको और दुनिया देखना जब माताओं की गोष्ठी बैठ जाती है सुना इस पर सूर्य क्या कर रहा है सुनिए उसको साथ में घर में कैसे बहुत सास हो सी लड़ा तो ना सारा दुनिया की बहुत लेकिन भक्त तो क्या करता है संत से दूर रहते दूर रह करके संतों के साथ चर्चा करते हैं हरी नाम करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं अगर ये जीवन में थोड़ी अगर कष्ट उठा लिया जैसे नीम पता खाने में तो लेकिन पेट में जाएगा तो बढ़िया काम करेगा कहते कहते जो सही है ऊपर से तो दिखता है ये सब नहीं अगर थोड़ी सी कष्ट करके नाम यह अभी तक जितने जीवन बीता सारे जीवन तुम्हारे खन्न हो जाएगा अगर प्राणी अर्थ यह श्रेय आचरण अगर किसी जीवन में मन प्राण चित्त दे करके प्रति तो में लगा भक्ति में एक जीवन कष्ट लग गया जैसे कष्ट देखे आनंद आनंद आनंदुग में भगवान का आनंद ही देखो कथा सुन रहे हैं आनंद आए नृत्य कीर्तन आनंद हो रहे कथा सुन रहे आनंद प्रसाद आनंद आनंद ही आनंद है, है कि नहीं hmm. भक्ति में आनंद ही है कोई अंधानंद नहीं है इसलिए आप कहते हैं सतगुरु के पास में जाकर जिज्ञासा से उत्तम से जिज्ञास करनी चाहिए हमारे आत्मा के कल्याण संसार से के जीवन। ये उत्तम प्रश्न करनी चाहिए क्या करनी चाहिए प्रणीपात पहले जाकर के शरणागत हो जाओ उनसे भगवान इस उनके प्रश्न करो हैं और उनकी गुरु वैष्णव साधु की सेवा उनको सेवा करो जो व्यक्ति जा करके सेवा चित्त वृत्ति गुरु वैष्णव निकट कृष्ण कथा श्रवन करो इसलिए सेवा चित्त वृत्ति वापी गुरु वैष्णव की श्रवण करो पृथ्वी सहित हरी कथा सुन लेसारे अगर वैष्णव के संगत में अगर हर समय रहेंगे हरी कथा सुनेंगे ना फिर क्या होगा फिर पता लगा संसार से दूर रहना भगवान की भक्ति कहते अगर भक्तों का संग छुट जाएगा उल्टा पुल्टा का है उल्टा पुलटा लोग संगत करेंगे अरे सारा जीवन ये सब साधु भगवान की जवान दिया संसार किया ही क्या अरे संसार कर दो सारी दुनिया संसार कर गए क्या भक्ति नहीं कर गए प्रहलाद महाराज भी संसार थे गुरु महाराज भी संसार थे प्रहलाद अम्बरीश महाराज संसार थे क्या भक्ति नहीं किया क्योंकि जो गलत रास्ता दिखाने वाले ना बहुत लोग है बहुत लोग है लेकिन सतमार्ग दिखाने में लगा है माया की संसार के साथ में जगाते नहीं ये वो है ही नहीं है संसार कैसे है सोने की जैसे कल सी है लेकिन उसमें हाथ मारो ना केवल अंदर में जहरी जहरी इसलिए संसार दावा आग जल रहेगी जल रही कि नहीं संसार में जल रही रहेगी आग नहीं हैं? जल रही ना आग? अब पता रहे कोई बेटा से दुखी कोई सास से दुखी कोई, कोई नर्दे से दुखी कोई परिवार से दुखी कोई काम से दुखी दुखी दुखी होगी नहीं है इसलिए प्रभु का दुखे तुम जो साधु संग में रहोगे ना भगवान की कथा सुनते सुनते तुम्हारे अंदर में भक्ति की भावना रहेगी जब असतसंग करोगे बाहर उनको तो भक्ति से अलग कर ले इसलिए क्या करो सतसंग में रहो एक उदाहरण दिया है साधु संघ कितने में ध्यान तो एक समय जैसे आपका कोई घर है चार तरफ में दीवार लगा हुआ आप एक महीना के लिए कहीं जा रहे हैं एक महीना के लिए कहीं जा रहे है लेकिन चार तरफ में दीवार लगा हुआ घर में ताला भी बड़ा लगा हुआ है इसको छोड़कर तुम जा रहे सर एक महीना के लिए एक व्यक्ति ने इतना दीवाल फवाल कुछ नहीं घर है लेकिन उसने चौकीदार रख कर कह आप बताओ दोनों को व्यक्ति का घर किसका रहे? रहे। रहे। से चौकीदार वाले लेकिन जिसका चौकीदार नहीं मोटी दीवार है बड़ा ताला लगा हुआ है लेकिन चोर कभी भी आ गए उसको तोड़ करके चला सकता है लेकिन जिसके चौकीदार जिसको रखे गए ना उसको पता है पूरा क्यों? चौकीदार गए, जो साधु संघ है ना कभी ये चौकीदार ये साधु संघ अगर साधु संघ में अगर हम रहेंगे तो हम भक्ति हमारी बच्ची रहेगी अगर साधु संघ से अलग हो जाएंगे ना भले जितना तुम्हारी कुछ घर जो कुछ नहीं हो बचना बड़ा कठिन तो है माया इसलिए कहते बिन्दु सत्संग विवेक न हो राम कृपा क्या करनी चाहिए बात कहते हर समय सत्सम रहो जैसे घर में घर है अगर एक दिन अगर घर में झाड़ू बुहार नहीं लगाओ तो क्या हो जाता है एक दिन अगर स्नान नहीं करोगे तो लगेगा उसी तरह साधु संग हमें हर समय में हमें साधु संग करनी चाहिए के साधु से संघर्ष कल्याण फलिताई गौर प्रे पंचास्कर सिंह दत्ता नाम पावन हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे